मैं महेन्द्र पांडे आप लोगों लोग अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे जैसा कि आप लोग जान रहे हैं मेरा बेसिक नॉलेज का कोर्स चल रहा है जिसमें मैं प्रैक्टिकल वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरी जो लास्ट क्लास थी वो फंडामेंटल की फर्स्ट डे की क्लास थी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं अभी आप कंप्यूटर को आप कैसे ऑन करते हैं कंप्यूटर पर हम वर्क कैसे करते हैं कंप्यूटर की हैंडलिंग कैसे की जाती है उसका बेसिक्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया आज हम देखेंगे उसके आगे तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि पिछली वीडियो में मैंने क्या क्या बताया वैसे जो इस वीडियो को देख रहे हो पहले हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देख लेंगे जो कंप्यूटर में एकदम नए हैं कंप्यूटर को पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर सीखना चाहते हैं बस एक डाउट है मन में कि हम कर पाएंगे सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे तो इतनी सरल भाषा में आपको यहाँ कंप्यूटर सिखाया जाएगा कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी हर उस तथ्य को आसानी से समझ पाएंगे बिकॉज इसमें बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया जाता है तो हम एक बार देख लेते हैं पीछे का एक रिव्यू ले लेते हैं हमने क्या पढ़ा था हमने आप लोगों को कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में बताया हालाँकि मैं आप एक बार फिर से बता दूँ हमारे चैनल पर कंप्यूटर बेसिक कोर्स का प्लेलिस्ट है जिसमें हमने फंडामेंटल की थेरेटिकल वीडियो हिस्ट्री से दे रखी हैं तो जो जो कंप्यूटर को पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए थेरी का जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि थेरी और प्रैक्टिकल एक दूसरे के पूरक होते हैं तो थेरी के लिए आप हमारे वीडियोज़ को चैनल पर जा करके प्ले ओपन करेंगे तो सारी वीडियोज़ आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी कंप्यूटर बेसिक कोर्स की सो so, उसको देखने के बाद आप इसका प्रैक्टिकल क्लास भी यहाँ से ले सकते हैं जिसमें मैं पहली क्लास आपको प्रोवाइड कर दिया है उसमें हमने आप लोगों को बताया कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी क्या होती है कंप्यूटर को हम ऑन कैसे करते हैं कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो ऑन होने का क्या प्रोसेस होता है ऑन होने के बाद जो मैंने स्क्रीन आती है उसको हम क्या कहते हैं उसके बारे में कंप्लीट उसके पार्ट ऑफ विंडो क्या है डैक्टॉप क्या होता है कैंस क्या होते हैं टाशबार क्या होता है तथा तो माउस क्या है कीबोर्ड क्या है उसके वर्क फंक्शन क्या होते हैं डिस्प्ले जो डेस्कटॉप है उसकी सेटिंग्स को कैसे हम करते हैं तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बिकॉज ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें आपको हर प्रकार के कंप्यूटर के फ्री कोर्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें तथा नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को आप प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो पावे तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं आज लास्ट क्लास में जहाँ तक मैंने पढ़ाया था उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं ये वीडियो बिग्नर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जिसको कंप्यूटर जानना है कंप्यूटर सीखना है कंप्यूटर सीखने का एक डेमो करना चाहते हैं तो बड़े आराम से इस वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं और अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है इस वीडियो के माध्यम से आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं, हैं जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम मेन विंडो पर हैं मैं अपने माउस पॉइंटर से आपको इंडिकेट करता रहूँगा यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो उसको रिवाइंड करके देखिए अगर कोई प्रॉब्लम बनी रहती है कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं मैं उसका आपको उचित सजेशन प्रोवाइड करूँगा और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होंगी प्रॉब्लम आपकी दूर होती चली जाएंगी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे तो चलिए देखते हैं अभी मैं मेन विंडो पे अवेलेबल हूँ मैंने आपको बताया था मेन विंडो के थ्री पार्ट होते हैं डेस्कटॉप आइकॉन्स एंड टास्क बार डेस्कटॉप मीन्स वो बैकग्राउंड एरिया जहाँ आपको एक फिगर दिख रहा है पिक्चर दिख रही है वो आपका डेस्कटॉप कहा जाता है और ये जो ग्राफिकल सिम्बल्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं इसे हम आइकॉन्स कहते हैं और नीचे एक पट्टी शो हो रही है जिसे हम टास्क बार्क कहते हैं मैंने मैंने टास्क बार्क के बारे में आपको पूरा बताया हुआ था कि टास्क बार का जो लेफ्ट कॉर्नर होता है वहाँ एक स्टार्ट विंडो बटन होती है जो इसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल सारे एप्लीकेशंस कोई भी प्रोग्राम आपने इंस्टॉल करके रखा है कंप्यूटर में तो वो आपको यहाँ से मिल पाएगा मतलब स्टार्ट पर जाएंगे आल प्रोग्राम्स में जा करके हम देख पाएंगे और वहाँ से उसको यूज़ कर पाएंगे ओपन कर पाएंगे लॉन्च कर पाएंगे और जस्ट उसके बगल में कुछ आपको सिंबल्स दिख रहे हैं ये एरिया जो होता है इसको हम क्विक लॉन्च एरिया बोलते हैं यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी फोल्डर या कोई भी फाइल हमें लॉन्च करना ओपन करना तो एक सिंगल क्लिक पर हम उसको लॉन्च कर सकते हैं ओपन कर सकते हैं इसलिए इस एरिया को क्विक लॉन्चर एरिया कहा जाता है राइट right साइड में आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है जहाँ पर आपको डेट एंड टाइम मिलता है नोटिफिकेशन के कई सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल मिलते हैं जहाँ से अपना काम आप कर सकते हैं यही वो एरिया होता है जब हम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं कोई भी हार्डवेयर इसमें लगाते हैं जैसे पेन ड्राइव हो गई आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया या कोई भी इक्विपमेंट प्रिंटर या स्पेशल कोई भी इनपुट डिवाइस आप कनेक्ट करते हैं तो जस्ट यहां पर आपको फाउंड न्यू हार्डवेयर का एक बलून आता है जहाँ से वो बताता है कि एक नया हार्डवेयर फाउंड किया जा रहा है यदि उसका फाउंड हार्डवेयर जो है उसका जब ड्राइवर कम्प्लीट हो जाता है तो वो एक्सेस करने लगता है वो रेडी यूज़ के लिए रेडी हो जाता है तो हम उसके आगे आज देखेंगे अभी इंटरेस्टिंग क्लास होगी और बहुत ही केयरफुली आप देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे तो आप ध्यान देंगे स्टार्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं देखें आप यहां यदि हम क्लिक करते हैं हालांकि हम आपको विंडोज़ 10 में बता रहे हैं यदि आप विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ क्लिक करते ही नीचे एक प्रोग्राम्स करके एक ऑप्शन आता है वहाँ पर हम क्लिक करते हैं फिर हमारी एक लिस्ट आती है जहाँ से हम प्रोग्राम्स को चुनते हैं और आप यहाँ देख रहे हैं स्टार्ट पर क्लिक करते ही हमारे सामने आल प्रोग्राम्स की एक लिस्टिंग आ गई जिसमें सबसे ऊपर आपको मोस्ट यूज्ड करके आ रहा है मतलब वो रिसेंट्स फाइलें आ रही हैं जिसको रिसेंटली हमने यूज़ किया है वो फाइलें आपकी आ रही हैं यहाँ हमारे पास स्क्रॉल बार होता है यहाँ से हम इसको ड्रैक करके कंप्यूटर में जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन हैं वो यहाँ पर आपको व्यू होते हैं वो सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर दिखाई देते हैं आपकी जो आवश्यकता होती है उसको आप ओपन कर सकते हैं बट मेरी ये क्लास बिगनर्स के लिए है जैसा कि मैंने बताया सेकेंड डे की क्लास है तो हम अभी तक हमने केवल डेस्कटॉप के बारे में जाना डेस्कटॉप के बारे में जानने के बाद हम यहां देखना चाहेंगे कि हम कोई भी प्रोग्राम कहां से खोलते हैं या हमें सबसे पहले क्या सीखना होता है सबसे पहले हमें क्या करना होता है कंप्यूटर में जैसे हमें डेस्कटॉप का नॉलेज हो गया हमने डेस्कटॉप प्रॉपर्टी चेंज कर ली हमने पर्सनलाइज करके डेस्कटॉप बैकग्राउंड को हमने चेंज कर लिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं यदि हमें कंप्यूटर के किसी भी एप्लीकेशन पे काम करना है तो हम उस एप्लीकेशंस पर जाने के लिए जो डिफ़ॉल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एप्लीकेशन होते हैं जिसको हम बेसिक में पढ़ाते हैं आप लोगों को वो है नोट पेंट एंड वर्ड देखा जाए तो नोट जो है वो आपका एक टेक्स्ट एडिटर विंडो है जिसे हम टैक्सट डॉक्यूमेंट कहते हैं टैक्सट ड्यूमेंट में हम टैक्स टाइपिंग का वर्क करते हैं उसमें हम कोई भी ग्राफिक्स कोई भी पिक्चर्स ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत ही बेसिक विंडो होता है जिसमें हम टाइपिंग का वर्क मेन करते हैं कुछ भी हमें नोटबुक टाइप में कुछ भी लिखना है तो हम नोट का इस्तेमाल करते हैं तो वो अगर हमें लेना है तो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं ऐसे ही पेंट है पेंट में हम क्या करते हैं ड्राइंग का वर्क करते हैं देखा जाए तो नोट में टाइपिंग का सबसे ज़्यादा वर्क होता है एक टेक्स्ट एडिटर विंडो होने के नाते इसमें सबसे ज़्यादा की का यूज़ होता है और एक विगनर के लिए की को समझना यहाँ बहुत आसान हो जाता है यहाँ नोट में वो कीबोर्ड के सारे कीज को आसानी से समझ सकता है उसका यूज़ कर सकता है इसी तरीके से जो पेंट होता है पेंट में ज़्यादातर ड्राइंग वर्क हम माउस का इस्तेमाल करके करते हैं तो माउस की हैंडलिंग आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाते हैं पेंट में और जो आपका वर्ड पैड होता है वर्ड पैड में इन दोनों का मिक्सअप होता है यहाँ तक कि वर्ड एक ऐसी विंडो है जहाँ पर हम आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड कोई भी एप्लीकेशन वहाँ हम प्रेजेंट कर सकते हैं ओपन कर सकते हैं उस पर भी हम उसका भी वर्क हमने अपने वर्डपैड के विंडो में कर सकते हैं वहाँ अपने टेक्स्ट को हम कम्प्लीटली फॉर्मेट कर सकते हैं पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं पिक्चर्स भी ला सकते हैं हम वो सारा काम कर सकते हैं इसलिए चूंकि उसका नेम जो होता है रिस टेक्सट फॉर्मेट बोलते हैं या डॉक्यूमेंट कहते हैं तो हम सबसे पहले जान लेते हैं हम उस, उसको ओपन करना चाहें तो हम कहाँ से करते हैं हमें बेसिक टाइम में क्या पढ़ना होता है क्या करना होता है वो हम देख लेते हैं जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे और ये विंडोज़ एसेसरीज लिखा है यदि आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर एसेसरीज़ मिलेगा एक फ़ोल्डर होगा ऐसे ही एक फ़ोल्डर होगा जहाँ आपको विंडोज़ एसेसरीज लिखा है मैं पाउस पॉइंटर से आपको इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ विंडोज़ एसेसरीज लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें इंस्टॉल जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिफ़ॉल्ट तरीके से एप्लीकेशन्स आ जाते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे आप ध्यान देंगे आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक वर्ड तक ये एसेसरीज़ के अंतर्गत आते हैं ये आपके विंडोज़ की एसेसरीज़ हैं इससे हम विंडोज़ पर वर्क फंक्शन वर्क कर सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया नोट पेंट एंड वर्ड ये ऐसी तीन मेन विंडो होती हैं ऐसी तीन एप्लीकेशन्स होती हैं जिस पर हम अपना वर्क करते हैं बेसिक टाइम में कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए जो हम बेसिक वर्क करते हैं नोट पेंट एंड वर्ड में करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोट का यूज़ होता है टेक्स्ट एडिटिंग के लिए ये एक टैक्स डॉक्यूमेंट विंडो होता है तो यहाँ पर हम क्लिक करके नोट ओपन करते हैं उसमें हम की को कंप्लीटली यूज़ करते हैं तो देखा जाए की की हैंडलिंग हमें नोट में आसानी से हम सीख सकते हैं और समझ सकते हैं पेंट हमने बताया पेंट में हम माउस का वर्क पूरा कर सकते हैं बिकॉज जो भी ड्राइंग हम करते हैं माउस के माध्यम से करते हैं तो माउस के हैंडलिंग अच्छे से कर पाते हैं यदि आप नए नए रहते हैं तो माउस पे हाथ आपका बहुत अच्छे से नहीं चलता या कीबोर्ड पर आप कीबोर्ड के सारी चीज़ का नॉलेज नहीं होता तो इसके लिए नोट पेंट तथा तो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वर्ड में हम कलरफुल टैक्स ले, ले लेते हैं पैराग्राफ को सेट कर लेते हैं हम और भी इमेज़ वगैरह प्रजेंट कर सकते हैं तो इसलिए ये तीन जो मेन एप्लीकेशन बेसिक एप्लीकेशन विंडोज़ हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत होते हैं वो काफ़ी यूजफुल हैं और बेसिक टाइम में हम इसको सीखते हैं तो यहाँ से हम नोटपैड को प्रेजेंट कर सकते हैं हम आपको नोट ओपन करके दिखा दे रहे हैं यहाँ एक बार सिंगल क्लिक करेंगे नोट आपके सामने आ जाएगा इसको हम चाहें तो यहाँ से मैक्सीमाइज़ कर लें यह नोट की विंडो आ गई है तो कहने का मतलब यदि हम ओपन करना चाहते हैं काम करना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो हम एसेसरीज़ में जाएंगे इसके लिए आपके की पर एक जैसा सिंबल आपको यहाँ स्टार्ट का मिल रहा है ये तो मैंने माउस से ओपन करके दिखाया ऐसे ही आपके कीबोर्ड पर भी सिंबल होगा वहाँ हम ऐसे ही क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेनू आ जाएगा आपके सामने फिर हम एरो कीज के माध्यम से नीचे आते चले जाएंगे, नीचे आएंगे और हम विंडोज़ पर पहुँच जाएंगे इस तरह से नीचे आते आते आते हम विंडोज़ पर आ जाएँगे जैसा कि मैंने आपको बताया विंडोज़ एक्सेसरीज़ है और अगर विंडोज़ सेवन आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर केवल एक्सेसरीज़ लिखा मिलेगा आपको विंडोज एक्सेसरीज़ में आप जाएंगे और यहां पर आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपका विंडोज़ एक्सेसरीज में आपके सारे एप्लीकेशन जो भी हैं जो भी एक्सेसरीज़ हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगी और यहाँ से आप नोट को चुनेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे आपके सामने आपका नोट का विंडो ओपन हो जाएगा इसको अगर हम मैक्समाइज़ करना चाहते हैं तो Alt स्पेस बार करेंगे तो हमारे सामने एक कंट्रोल मिनू बॉक्स आ जाएगा और उस कंट्रोल मिनूबॉक्स की मदद से हम इसको मैक्समाइज कर सकते हैं यहाँ आप ज़रूर ध्यान देंगे कि यहाँ जो कैरेक्टर्स के नीचे एक अंडरलाइन दिया गया है अगर वो एक सिंगल कैरेक्टर हम यहाँ यूज़ कर लें तो वो शॉर्टकट की तरीके से काम करेगा हम X कर देते हैं तो मैक्समाइज हो जाता है Alt स्पेस बार को हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में और R कर देंगे तो रिस्टोर हो जाएगा रिस्टोर विंडो होता है जो आपका विंडो का छोटा साइज होता है और मैक्सिमाइज़ करते हैं तो आपके विंडो का फुल साइज आ जाता है और इसमें एक ऑप्शन है आपका मिनिमाइज़ यदि हम मिनिमाइज़ करते हैं नीचे आकर के हम यहाँ आ करके, यहां करके अगर एंटर कर देंगे तो मिनिमाइज़ हो जाएगा मिनिमाइज़ करने का मतलब विंडो आपका ओपन है एप्लीकेशन आपका ओपन है लेकिन आपके टास्क बार पर है टास्क बार आपको सूचित करता है कि आप किस टास्क पर काम कर रहे थे या कर रहे हैं तो उसको अगर हम ओपन करना चाहते हैं शॉर्टकट से तो अल्ट के साथ हम टैप प्रेस करेंगे और आप देख पा रहे हैं सिलेक्शन आया है तो इससे हम एरो कीज के माध्यम से भी अगर हम इसमें करना क्या होगा ये आपके सामने ऐसे प्रेजेंट क्यों रहेगा अल्ट के साथ हम टैप प्रेस करेंगे फिर हम टैप छोड़ के अल्ट पर प्रेस करके रखेंगे एरोकीस के माध्यम से हम ये चुनाव कर सकते हैं कि हमें क्या ओपन करना है फिर हम नोट को ओपन करना है तो नोट पर सलेक्शन दे करके अल्ट को छोड़ देंगे और नोट आपके सामने ओपन हो करके आ जाएगा तो इस तरह से हम वर्क कर सकते हैं मल्टी स्पेस बार पे आएंगे रिस्टोर करेंगे और यहीं से हम मूवमेंट करा सकते हैं जैसे माउस के माध्यम से आप ड्रैगिंग करते थे वैसे आप देखें टाइटल बार पर ये इंडिकेटर आ गया अब हम मूवमेंट कराएंगे तो इधर उधर हम अपने एरोज़ के माध्यम से की बोर्ड में एरोकीज़ होता है उसके माध्यम से इसमें हम मोमेंट कर सकते हैं ड्रैगिंग कर सकते हैं इसको हम मूव करना कहते हैं हम एंटर करेंगे यहीं ये फिक्स हो जाएगा हम चाहते हैं अपने रिस्टोर विंडो की साइज़ को बढ़ाना तो हम साइज़ पर जा कर के एंटर करते हैं ये सारा काम हम कीबोर्ड से करते हैं जबकि माउस से हम बड़े आसानी से कर सकते हैं लेकिन शॉर्ट के माध्यम से हम कीबोर्ड से करते हैं एंटर कर देंगे तो यहीं पर आपकी री स्टोर साइज़ फिक्स हो जाएगी फिर हम इसको करते हैं अल्ट प्लस स्पेस बार और हम क्लोज पर जाकर के यहाँ से क्लोज कर देंगे तो आपका नोट का विंडो बंद हो जाएगा तो इस तरह से हम कीबोर्ड से भी ओपन कर सकते हैं अभी हम आगे आपको नोटपैड के बारे में बताएंगे, बट कुछ बेसिक चीज़ें और भी जानना जरूरी होती हैं जैसे आप काम करेंगे आप देख पा रहे हैं आइकन बहुत सारे दिख रहे हैं अगर हम अपने कंप्यूटर में स्टोरेज देते हैं कोई भी तो स्टोरेज देने का जो मेथड है वो फाइल एंड फोल्डर्स हम कोई भी मटेरियल अपने कम्प्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं तो हम फोल्डर और फाइल में उसको व्यवस्थित करते हैं फोल्डर में हम फाइल को व्यवस्थित करते हैं फोल्डर वो स्थान है जैसे आपके पास एक बैग है बैग में आपकी जीप लगा होता है बैग एक फोल्डर है या आपकी पॉकेट जो है वो एक फोल्डर है या कोई वो स्थान जहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं वो एक फ़ोल्डर होता है तो फोल्डर आप यहाँ कैसे बनाते हैं और फोल्डर के अंतर्गत हम फाइल को सेव करते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं ये अनामिका उपाध्याय लिखा है या कोई भी न्यू विटमैप लिखा हुआ है ये सब फाइलें हैं बट ये आपका फोल्डर है तो हम फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप पे अपने मेन विंडो पर तो हम फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं हम यहीं अपने माउस का सेकेंडरी बटन प्रेस करते हैं एक ड्रापडाउन लिस्ट आती है और यहाँ हम न्यू पर चले जाते हैं और न्यू पर जाने के बाद ऊपर लिखा हुआ है फोल्डर अगर हमें शॉर्टकट फोल्डर बना है तो हम शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे और अगर हम फोल्डर बनाना चाहते हैं तो फोल्डर पर क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू फोल्डर रिप्रजेंट होकर के आ गया हमने लिख दिया के KCI नाम से हमने फोल्डर बना दिया एंटर कर देंगे फोल्डर आपका तैयार हो जाएगा ये है फ़ोल्डर अब हम फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं तो आपका फोल्डर ओपन होकर के आएगा मतलब ये एक ऐसा स्थान हो गया एक ऐसा फोल्डर बन गया जिसमें अपनी फाइलों को आप व्यवस्थित कर सकते हैं अपने बैग में आप कॉपियाँ रखते हैं बुक्स रखते हैं पेन रखते हैं स्केल वगैरह रखते हैं बैग को हम फोल्डर भी कर सकते हैं उसमें हम कुछ भी रख सकते हैं फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बनाया जा सकता है यदि हमें यहाँ फोल्डर बनाना है तो हम न्यू फोल्डर यहाँ से जाकर के न्यू फोल्डर करेंगे तो इस फोल्डर के अंदर हमें सब फोल्डर बनाने की सुविधा मिल जाएगी हमने लिख दिया केसीआई सी वन अब आप देख पा रहे हैं एक फोल्डर और क्रिएट हो गया इस फोल्डर पर हम डबल क्लिक करेंगे तो फोल्डर के अंदर आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आपका पाथ शो कर रहा है पाथ शो कर रहा है डेस्कटॉप पर होने के नाते डेस्कटॉप पर हम हैं डेस्कटॉप पर के है KCI के के अंतर्गत आपका के सी है सब फोल्डर इस तरह से हम फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं उसी तरीके से जैसे आपके बैग में कई सारे बॉक्सेज होते हैं कई सारी जीप लगी होती हैं उसमें कई सारे खाने होते हैं तो इस तरह से कई सारे सब फोल्डर अवेलेबल होते हैं बड़े फोल्डर में तो आई होप आपको फोल्डर समझ में आया होगा और फोल्डर के अंतर्गत हम फाइलों को व्यवस्थित करते हैं तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं फोल्डर क्रिएट करने का ये तरीका है अब आप देखें फाइल एक्सप्लोरर जहां से फाइलों को ओपन किया जा सकता है यहां पर हम क्लिक करेंगे तो आपका सिंगल क्लिक पर ओपन हो के आ जाएगा तो आप देख पा रहे हैं इधर आपका एक आउटलाइन शो कर रहा है जिसमें एक मैप की तरीके से किसी भी स्थान पर आप जा सकते हैं एक नेविगेशन पैन आपका दिख रहा है जहाँ से हम नेविगेट कर सकते हैं हम लोकल डिस्क सी पर जाना चाहते हैं ई पे जाना चाहते हैं, हैं वैसे ये हार्ड डिस्क का पार्टीशन है हार्ड डिस्क जो होती है जिसमें आपका परमानेंट स्टोरेज होता है कंप्यूटर में जैसे आपके पास एक प्लॉट हो और प्लॉट में आपको कई सारे कमरे बनाने हैं तो हार्ड डिस्क जैसे आपका वन टी का हार्ड डिस्क है या पाँच सौ जी का हार्ड डिस्क है तो उसमें आप कई सारे कमरे बना सकते हैं कई सारे पार्टीशन क्रिएट करते हैं जैसे आपके इस जो मेरा लैपटॉप में पाँच हार्ड डिस्क है इसमें आप देख पा रहे हैं मैंने तीन पार्टीशन बना रखा है एक सी ई e और एफ तो इसके बारे में धीरे धीरे हम आपको बताएंगे चूँकि एक बार में हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा अभी मैं आपको फाइल एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ कि हम यहाँ पर हमारे पास ये आपका नेविगेशन पैन है इसे आउटलाइन भी हम कह सकते हैं यहाँ से हम कहीं भी जाना चाहते हैं अगर हम डेस्कटॉप पर जो हमने फोल्डर बनाया है उसको देखना चाहते हैं तो हम यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे के आपके सामने प्रेजेंट हो गया अगर हम के पर डबल क्लिक करते हैं तो हमें के सी भी मिल जाएगा जो मैंने अभी डेस्कटॉप पर आपको बना करके दिखाया तो किसी भी फाइल को एक्सप्लोर करना है या किसी भी फोल्डर को देखना है ओपन करके लॉन्च करके देखना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं ये मेन तीन पार्टीशन है इसी के अंदर आपका सी पार्टीशन मेन पार्टीशन होता है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है और ये आपके एक्सटर्नल पार्टीशन हैं जैसे घर है आपका तो घर में एक आपके मेन गार्जियन का कमरा होता है उसे मेन कमरा माना जाता है क्योंकि पूरा पूरे आपके हाउस को पूरे घर को कंट्रोल वही करता है ऐसे ही सी पार्टीशन जो है आपका हार्ड डिस्क का मेन पार्टीशन होता है इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहाँ से आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते हो और जो एप्लीकेशनस आप इंस्टॉल करते हैं डिफॉल्ट तरीके से इसी मेन लोकेशन में जा कर के वो इंस्टॉल्ड हो जाता है तो ये आपके अलग अलग टाइप के फोल्डर हैं हम किसी को यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं किसी पर भी क्लिक करके उसके बारे में देख सकते हैं तो यहाँ से इस तरह से हम फाइल को एक्सप्लोर करके कोई भी फाइल फोल्डर कुछ भी हम ओपन कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं दिस पीसी जो मेन आपका मेन फोल्डर कहेंगे जिस पर आपका कंप्लीट प्रोग्राम आपको कहीं से इकट्ठे से भी लेना है तो दिस पीसी लिखा हुआ जिसे हम माई कंप्यूटर कहते हैं आपके कंप्यूटर में जो स्टोर्ड सारे फाइल फोल्डर या ड्राइव्स हैं या डायरेक्टरीज हैं सारी आपको यहां पर दिख जाएंगी तो जो आपको अभी तक आप अलग अलग से कर रहे थे अगर आपने दिस पी कर लिया तो इसके ही अंडर में सारी चीज़ें आ जाएंगी आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप भी यही हैं डाउनलोड्स भी यही हैं डॉक्यूमेंट्स भी यही हैं और वीडियोस भी यही हैं आपके जो हमने बताया कि हार्ड डिस्क के पार्टीशन हैं आप, आप देख पा रहे हैं सी ई एफ जी जी देखिए मैंने भी बताया कि मैंने कोई भी रिमूवल डिस्क हम लगाते हैं जैसे पेन ड्राइव है या कुछ भी एक्सट्रा एक्सटर्नल हम लगाते हैं तो वो डी में रिजर्व है और जब का मैंने सी रोम भी आपको उसमें बताया बट सी रोम के लिए एक एक्स्ट्रा चूंकि एक सिस्टम होता है डायरेक्टली लोकल डिस्क सी क्यों आता है पहले ए से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ ए बी जो होता है वो रिज़र्व होता है फ्लॉपी चूँकि हार्ड डिस्क से पहले फ्लॉपी पर वर्क होता था वो डिफ़ॉल्ट तरीके से फ्लॉपी के लिए रिजर्व है फिर बी के बाद सी स्टार्ट होता है सी डी आना चाहिए था लेकिन पार्टीशन में डी रिमूवल डिस्क के लिए हो गया बिकॉज ये सिस्टम जो है इंस्टॉल्ड किया गया है पेनड्राइव सेल पेनड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम था उससे इसको इंस्टॉल किया गया इसलिए डी पार्टीशन डिफॉल्ट तरीके से रिमोल डिस्क के लिए रिजर्व हो गया है इसके बाद लोकल डिस्क ई लोकल डिस्क एफ़ ये तीन मेन पार्टीशन है मतलब मेरे 500 जीबी हार्ड डिस्क को तीन पार्टीशन में डिवाइड कर दिया गया है आप देख पा रहे हैं लगभग डेढ़ डेढ़ सौ जी के पार्टीशन में है एक थोड़ा ज़्यादा है और जहां आपका हार्ड डिस्क का पार्टीशन ख़त्म होता है उसके बाद आपका सी रोम या डी राइटर का पार्टीशन आ जाता है मतलब वो इसके लिए एक रिज़र्व आपका ड्राइव है जहाँ से उसको हम ओपन कर सकते हैं तो ये माई कम्प्यूटर ओपन करने पर या दिस पी ओपन करने पर आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं जो आपके कंप्यूटर में यहीं से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो इस तरह से हम फाइलों को एक्सप्लोर कर सकते हैं हम क्लोज करना चाहें तो हम यहाँ से भी जा करके क्लोज़ कर सकते हैं हम क्लोज़ करना चाहें तो यहाँ से भी जा करके क्लोज़ कर सकते हैं हम अल्ट प्लस एफ कर दें तो भी हमारा चूँकि ये एक एप्लीकेशन विंडो है इसलिए यहाँ पर हम अल्ट प्लस एफ़ कर दें तो भी ये क्लोज़ हो जाएगा तो कहने का मतलब अगर हम फाइलें खोलना चाहते हैं या तो हम स्टार्ट से जा करके अपना प्रोग्राम पर वर्क कर रहे हैं लेकिन अगर हम प्रोग्राम कोई भी नहीं करना चाहते हमारे इसमें कोई भी वर्क करना है जैसे हमें कोई फिल्म देखनी है या हमें कोई इमेज देखना है या कुछ भी काम करना है तो हम फाइल एक्सप्लोर पर जा करके वहां से किसी भी फोल्डर से कुछ भी हम देख सकते हैं या ओपन कर सकते हैं या कोई भी एप्लीकेशन ही हमें ओपन करना है एप्लीकेशन की सेव्ड फाइल है किसी भी फोल्डर में तो हम फाइल एक्सप्लोर करके यहाँ से फाइलों को ओपन कर सकते हैं तो आपने देखा कि हम फाइलों को कैसे एक्सप्लोर कर लेते हैं कैसे हम उसको ओपन करके देख लेते हैं या तो हम कहीं भी अपना डाटा सुरक्षित रखे हुए हैं तो इसके माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं तो ये आपने देखा कि हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना होता है तो हम स्टार्ट बटन से कैसे जाकर के ओपन कर सकते जैसे मैंने आपको नोट ओपन करके दिखाया फोल्डर्स हम कैसे बनाते हैं फोल्डर्स को हम कैसे देखते हैं फोल्डर्स के अंदर हम फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं सब फोल्डर कैसे बनाते हैं हम फाइल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम एक मेन डायलॉग मेन एप्लीकेशन फाइल एक्सप्लोर का कैसे खोलते हैं एप्लीकेशन विंडो और फिर उसमें जा करके हम अलग अलग से प्रेजेंट करा सकते हैं अब हम देख लेते हैं यदि मेरे पास कोई भी फ़ोल्डर है तो उस फोल्डर का हम शॉर्टकट कैसे बनाते हैं यहीं राइट क्लिक करें और यहाँ से हम क्रिएट शॉर्टकट कर देंगे तो हमारा शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा या हम राइट right क्लिक करें यहाँ पर और सेंट ऊपर जाएँ और यहाँ से हम क्रिएट शॉर्टकट कर दें तो शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा हम कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं यहाँ राइट क्लिक करते हैं जो आपका आइकन है इसका व्यू हम दिखाते हैं यहाँ से हम लार्ज आइकन करें तो आपके आइकनस बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे यहाँ जाएं व्यू में मीडियम आइकनस कर दें तो ये मीडियम रहेंगे और अगर हम यहाँ से जा कर स्मॉल आइकन कर दें तो छोटे छोटे आइकन हो जाएंगे हम यहाँ से जा कर व्यू पर जाएंगे और अगर हमने ऑटो अरेंज हटा दिया तो हमारा जो आइकन हम कहीं भी हम इसको इधर उधर करके रख सकते हैं ड्रैग करा करके जैसा कि माउस में ड्रैगिंग मैंने बताया है हम इसको इधर उधर रख सकते हैं लेकिन अगर सारे आइकन्स को हम एक बार में ही अरेंज करना चाहते हैं तो हम व्यू में जाएं और ऑटो अरेंज लगा दें आपके आइकन्स ऑटो अरेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे इसी तरीके से व्यू में अगला ऑप्शन है अलाइन आइकन टू ग्रीप तो वर्टिकली देखें तो व्यवस्थित है सिस्टमेटिक ढंग से और हॉर्जेंटली देखें तो भी व्यवस्थित तो इस तरह से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं व्यू में जा करके। अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे कोई भी आइकन शो ना हो तो हम यहाँ से शो डेस्कटॉप आइकन को यहाँ से डेक्टिवेट कर देंगे कोई भी आइकन शो नहीं होगा इसी तरीके से हम चाहते हैं टास्क बार को भी हिडन कर दें हम यहीं राइट क्लिक करें और टास्क बार सेटिंग पर भी चले जाएँ हम यहीं राइट क्लिक करें और टास्क बार सेटिंग वैसे लॉक द टास्क बार है अगर हम यहाँ से हिडन करना चाहते हैं लॉक द टास्क बार को हटाएंगे या डायरेक्टली हम टास्क बार के सेटिंग में चले जाएं और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ ऑटोमेटिकली हाइट द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड डेस्कटॉप मोड में अगर आपको हिडन करना है तो हम इसको ओके करेंगे अगर आप टास्क बार टेबलेट मोड में हिडन करना चाहते हैं तो आप इसको ओके करेंगे यहाँ से हम इसको ऑन कर लेंगे आप देख पा रहे हैं टास्क बार गायब हो गया हम इसको यहाँ से हटाएंगे। आप देख पा रहे हैं टास्क बार फिर से आ गया अगर हम एक बार ऐसे ही क्लिक कर देंगे तो आपका टास्क बार हिडन हो जाएगा तो कहने का मतलब हम अपने टास्क बार को आइकन्स को सबको हिडन कर सकते हैं सबको हटा सकते हैं गैप कर सकते हैं जब, जब हम यहाँ पर आकर के कर्सर लेके आएंगे हमारा टास्क बार यहाँ अवेलेबल हो जाएगा और हम यहाँ लाख टास्क बार कर सकते हैं और यहाँ जा कर हम जो ऑटोमेटिक हिडन का ऑप्शन है इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से मतलब उसको हम डीएक्टिवेट या ऑफ कर सकते हैं हम बैक आ जाएंगे आप देख पा रहे हैं टास्क बार मेरा आ गया इसी तरीके से हम हाँ अपने आइकन को भी व्यू करना चाहते हैं सो डेस्कटॉप टॉप आइकन्स कर देंगे तो हमारे सामने हमारा डेस्कटॉप आइकन सो कर जाएगा आप देखेंगे इसी तरीके से हम हाँ अपने आइकन को व्यवस्थित करते हैं शॉर्ट बाई नेम साइज आइटम डेट मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं रिफ्रेश करना चाहते हैं रिफ्रेश करते हैं तो हमारा डी रैम एक्टिवेटेड हो जाता है थोड़ा सा स्मूथ चलने लगता है सिस्टम तो इस तरह से हम ड्रॉपडाउन लिस्ट में एक एक स्टेप को कर सकते हैं वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसके लिए मैं आज यही ब्रेक करूँगा और मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको बताता रहूँगा जिससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ो आपका क्लियर हो जाए और आप में को आपको कोई बोरियत ना हो बिकॉज जब तक आप कंसनट्रेट करके पढ़ेंगे तभी तक आपको चीज़ें समझ में आएँगी और एक नई चीज़ है आपके लिए चूँकि विगनर्स के लिए है जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इंटरेस्ट बना रहे आपका इसके नाते से आप थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सिस्टम में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस को कैसे ओपन करते हैं हालांकि जो सबसे पहले हमें यूज़ करना है उसमें मैंने नोट को ओपन करके आपको दिखाया नोटपैड के विंडो को कंप्लीट कंट्रोल करके की के माध्यम से बताया हमने आपको फोल्डर बनाना बताया सब फोल्डर्स कैसे बनाते हैं बताया फाइलों को हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं या किसी फोल्डर को हम कैसे देखते हैं हार्ड डिस्क के पार्टीशंस क्या होते हैं अपने हम आइकन को कैसे हाइड कर सकते हैं टास्क बार को कैसे हाइड कर सकते हैं या उसको हम उसकी साइज़ को कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं उसको हम कैसे शॉर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं नेम वाइज साइज वाइज डेट वाइज इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं तो कुछ चीज़ें मैंने आज आपको बेसिक चीज़ें बताई नेक्स्ट डे हम अगली क्लास लेकर के आएँगे नेक्स्ट वीडियो जो और भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि धीरे धीरे हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे इसमें अभी तो हम इसके बारे में क्यों समझ रहे हैं तो वीडियो कैसी लगी इसको आप जरूर बताइएगा आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यदि yes, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अभी कर लें मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद टेक